जी हाँ गाइस जैसे कि आपको पता है कि अमेरिकी अरबपति जेफ बेजोस को अस्सी हजार करोड़ तो एलोन मस्क को सत्तर हजार करोड़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है परंतु वहीं दूसरी ओर भारतीय अरबपति गौतम अडानी और, और मुकेश अम्बानी की नेटवर्थ में इजाफा देखने को मिला है जिसके बाद गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं गौतम अडानी की नेटवर्थ में फोर अरब डॉलर यानी बत्तीस करोड़ का इजाफा देखने को मिला है जिसके बाद उनकी कुल संपत्ति एक अरब डॉलर की हो गई है इस साल उनकी संपत्ति में करीबन 75 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिला है वहीं दूसरी ओर मुकेश अम्बानी की नेटवर्थ में 1.3 अरब डॉलर यानी 8000 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है उनकी कुल संपत्ति तिरानवे अरब डॉलर की हो चुकी है मौजूदा समय में वह दुनिया के नौवे सबसे अमीर अरब हैं और हाँ गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कर जरूर बताना यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चय हिंद दोस्तों